हेलो फ्रेंड्स मैं सचिन फ्रेंड्स आज हम देखेंगे कि आईआरसीटीसी पे सपोज़ आपने कोई टिकट बुक किया है सपोज़ आपने वन मंथ पहले टिकट बुक किया है और सपोज़ आज आपको जाना है तो आज आप उसका करंट स्टेटस देख रहे हैं या फिर आज से एक दो दिन पहले उसका करंट स्टेटस देखना चाहते हैं कि उसका अभी क्या स्टेटस है तो फ्रेंड्स उसके लिए आप सिंपली आई आर सी जाएंगे रेल ऐप पर जाएंगे वहाँ पर आप लॉग करेंगे ये कैप्चा देंगे आप यहाँ पे कैप्चा देने के बाद आप इसमें लॉगिन कर लेंगे लॉगिन करने के बाद आप माय ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन पर जाएंगे माय ट्रांजेक्शन पर जाने के बाद माय बुकिंग पे जाएंगे हमारी बुकिंग पे जाने के बाद फ्रेंड जैसे ये ट्वेंटी सेवन में मींस आज का ये टिकट है फ्रेंड्स इसका स्टेटस दिखा रहा है पार्शियल कैंसिल फ्रेंड्स जब हम सपोज सपोज टू पर्सन को जाना है थ्री पर्सन को जाना है उनमें से अगर हम किसी एक पर्सन का या टू पर्सन का मींस किसी पर्टिकुलर पर्सन का टिकट कैंसिल करते हैं तो वो उसके बाद पार्शल कैंसिल दिखाता है तो अभी जैसे ट्वेंटी में ये आज का आज के चेक करना है मेरे को कि अभी इसका करंट स्टेटस क्या है तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे दिखा रहा है कि एक पैसेंजर ये सचिन करके इसका डब्लू एल नाइन ये फ्रेंड डब्लू एल नाइन ये इसकी वेटिंग लिस्ट नाइन शो कर रहा है ये फ्रेंड इसका स्टेटस वो दिखा रहा है जो मैंने जब इसको मैंने आज से लगभग बीस पच्चीस दिन पहले इस टिकट को बुक किया था तो जो उस टाइम स्टेटस था ये वो दिखा रहा है फ्रेंड्स मेरे को अभी करंट स्टेटस देखना है कि ये कन्फर्म हुआ नहीं हुआ ये वेटिंग लिस्ट नाइन दिखा रहा है तो उसके लिए फ़्रेंड ऊपर की तरफ टी का डिटेल के आगे थ्री डॉट हैं अब वहां पे क्लिक करेंगे वहां करंट स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो अभी वो दिखा रहा है सीएनएफ सीएनएफ मींस कंफर्म एन एफ डी वन डी वन कोच कोच डी वन है सीएनएफ मींस कंफर्म हो चुका है फिफ्टीन फिफ्टीन सीट नंबर है और डब्ल्यूएस मींस मीन्स विंडो सीट तो ये इसका करंट स्टेटस दिखा रहा है तो इस तरह से फ्रेंड्स आप उसका करंट स्टेटस देख पाएंगे तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए कोई क्वेरी हो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू